दिस इज सोना फ्रॉम महाराष्ट्र टुडे आई एम सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ जवीर नाकिया सर दिस सॉन्ग मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी हम सभी की जिंदगी जो हमारा फ्यूचर प्लान होता है जो आपको मेरी आवाज़ पसंद है और मेरी आवाज़ से आपको दिल से दिल से हाँ सुकून मिलता है तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एक्चुअली नाउडीज ए स्टार्टअप इन सिंगिंग जर्नी और मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप मेरे इस पी लवला चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया तो मैं आप सभी के लिए YouTube पर फ्यूचर में लाइव आकर सिंगिंग करना भी पसंद करूंगी कहते हैं ना उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और मुझे आप सभी से मेरे प्यारे देशवासियों से मेरी सिंगिंग के लिए मेरी सिंगिंग के लिए ढेर सारे प्यार की ढेर सारे प्यार की उम्मीद है सो गाय चलिए मेरी सिंगिंग के साथ जिंदगी सांग का मजा लीजिए एक दिन मोहब्बत और कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेरी पर लिखो मेरा नाम तेरे नाम कर फिर तू तक छोड़ कर फिर तू चका करके न सर लगना मेरे कान जिंदगी कुछ तो पता अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना बताऊ जिंदगी रीब रात में देख पड़ेंगे साथ में को राजना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तो थोड़ी शिकायत मैं गुरु नाराज सुन Come to the moonlight, come to the dawn, sing the night. Open up the door, let's sing the night. Come to the moonlight, come to the dawn, sing the night. Open up the door. तुम्हें तुम्हे तो तुह तुहे तुम्हें तुहे तुम्हें तुहे दुखद तुहे दो तुहे दुखद तुहे दो तुहे तुह